जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी सका ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है संघर्ष की राह पे जो चलता है वही दुनिया को बदलता है जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है रख हासिल कि वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है ने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे बुझी शमा भी जल सकती है से कश्ती निकल सकती है मायूस, यूं अपने इरादे बदल क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं है कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जीत की खातिर दिल में जनू चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा कून चाहिए ये आसमां भी आएगा समीप समीपी को दम चाहिए कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार होकर निराश तू मत बैठ कर रहे यार बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम पा लेती है चिट्टी भी मंजिल गिर गिर कर पार इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार है धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं बाप की दौलत पर क्या घमंड करना मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड कर चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो आज नहीं तो, तो हल जरूर निकलेगा जमीन बंजर भी है तो क्या अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे हवाओं ने बहुत कोशिश करी लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे